ये है नई टिगो और ईवी ब्लू कलर में इंटेंसिव ब्लू ये देखिए ईवी की पैचिंग और स्टिफ्ट ट्रॉन की पैचिंग यहाँ पे देख के दिखाता हूँ आपको खोल करके तो गाइस, तो गाइस ये है टाटा टिगोर ईवी वाला मॉडल इसके मीटर के अंदर जो है आपको दिखाई जो देगा जिप्ट्रॉन लिखा रहेगा ईवी। और ये जो है यहाँ पे आ, चार्जिंग का है कितने परसेंट बैटरी चार्ज है और यहाँ पे आ, जो है ये रीज री जनरेटिव जे, री ब्रेकिंग सिस्टम है इसके अंदर वो भी दिखाई देगा वो स्टार्ट बटन है और मैं आपको बताऊँ आवाज़ बिल्कुल नहीं है गाड़ी के अंदर और ये न्यूट्रल ड्राइव और स्पॉट एंड रिवर्स म्यूज़िक सिस्टम जो है हार्मन का है टच स्क्रीन जिसमें कैमरा भी है कैमरा क्वालिटी दिखाता हूँ मैं आपको पीछे से कैमरा क्वालिटी बहुत बेहतरीन है आप जैसे यहाँ से चेंज करेंगे तो इसमें यहाँ पे डिस्प्ले पे शुरू कर जाएगा तो। वही सब